I'm a wild one. निकली तू मट करके देखा नहीं पड़ा प्यार ये तेरा तोड़ गई है तू दिल मेरा पुल गई मेरी जान तोड़ गई दिलों को अपने